तो नमस्कार दोस्तों आज हम ले चलते हैं मैंने एक नया पीसी लिया है तो उसको दिखाने के लिए ले चलते हैं दोस्तों देखिए मेरा ग़रीब खाना है अब देखते हैं कैसा क्या है तो दोस्तों आज मैं तुम बताता हूँ मेरा न्यू कंप्यूटर <coughs> ये दोस्तों मेरा पुराना फ्रिज है ये मेरा टूटा फूटा हुआ कुर्सी है जो कि लकड़ी का है दोस्तों तुम्हारे तो तो सपोर्ट से सब कुछ हो सकता है तो काइस देख सकते हो ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा की है ये हमारा माउस है माउस पेड नहीं है तो हमने एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है और ये हमारा सी पी ओ है और ऊपर वाईफाई रखा है अभी मेरे पास सिम नहीं है तो उसमें वाईफाई भी चालू नहीं है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो काइज हमने यहाँ पर जुगाड़ कर रखा है पूरा सिस्टम का जुगाड़ किया है तो यहाँ पर अपना पी चालू हो चुका है यहाँ पर बटन दबाते हैं इसको ये हमारा पीसी चालू हो चुका है देख सकते हो आप दोस्तों सपोर्ट करना बिल्कुल आपके तो दोस्तों जैसे जैसे हमारा पीसी चालू हो रहा है ये हमारा कीबोर्ड है तो दोस्तों कमेंट में बताना कैसा लगा हमारा पीसी तो देखो एच पी वेल कम आ गया ये स्टार्ट हो चुका है ये इसके कुछ ऐप्स वग़ैरह है, देख सकते हो आप तो दादाई साहब आपको बता देते हैं ये रैम वग़ैरह इसकी कितनी है पहले रिफ्रेश कर लेते दो चार बार रिफ्रेश करना कंप्यूटर के लिए बहुत लाभदायक रहता है तो गाइस अपन चलते हैं अब जहाँ पर इसको दिखाने के लिए ये इसका सिस्टम है यहाँ पर देखते हैं देखिए इसका डिवाइस का नाम है मेरा विंड डिवाइस है अपना डेस्कटॉप एट नाइन डिवाइस नाम प्रोग्रेस इंटल का है इंस्टॉल रेम है मैं, अपनी चार जी डिवाइस है देख सकते हो आप प्रोडक्शन है और ये जो भी है चौंसठ की बीट लगी है दो बीट हैं चौंसठ चौंसठ की और पेन एंड टच है विंडो 10 इलेक्ट्र क्या बोल रहे एंटरप्राइजेस है और वर्ज़न है किस एस 10 इंस्टेल दस दस अगस्त को चालू किया था वो एस है ये सब आप देख सकते हो तो दोस्तों बताना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों मुझे तो अब आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों सपोर्ट करो थैंक यू एंड मिलते हैं बा नेक्स्ट वीडियो हम तब तक, तक के लिए बाय बाय दोस्तों